आ, बहुत बढ़िया बस ऐसे ही ऐसे ही क्या बात है थोड़ा <laughs> सा दूसरे के पास हाँ। और आ और पास आस बस बस ऐसे ही अब कहते हैं ना ही मुलाकात है बताने आके क्या होगा तुम ठीक तो हो ना आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, बस बस, बस ऐसा ही बात करिए बहुत बढ़िया अच्छे लग रहे मुझे शादी करने के लिए प्यार की जरूरत बहुत नहीं। बड़ी where i won't forget this why do i regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxieties infectious i feel so defenseless betrayed and envirous i hate being open i hate being broken i feel like a notion filled up with emotion anger in a potion rub it on like lotion i can feel it soaking re-opening the scars have awoken i can't move on till i let go I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till. वो मुझसे बात नहीं करने वाला है। मैं जानती हूँ। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो तो बस एक छोटा मोटा चक्कर था। उसके कारण तुम्हें ये सगाई नहीं तो नीचे ये. पिछले पांच सालों से मैं कैनाटारो को जानती हूँ हम तो हर दिन न जाने कितनी बातें शेयर करते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ही थी जिसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया था ये तो सिर्फ एक ऐड है रीडिंग एप के लिए मुझे कैसी लड़की की तलाश है जो मुझसे मिलते ही शादी कर ले। मेल लेर्स एज है ट्वेंटी इसे क्या लगता है शादी क्या होती है शादी तो तब होनी चाहिए जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी वक्त शादी कर पाऊंगी मुझे तो फर्क पे नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो मुझे बस इस जगह से बचा लो। क्या हमारी मुने वाली दुल्हन को फोरहेड पे एक किस किस मिल सकता है? क्या किस कहा तुमने चिंता मत करो एक्टिंग हम दोनों की उसी दिन शादी हो गई थी जिस दिन हम पहली बार मिले थे आ, बस ऐसे ही, एक दूसरे में कुछ भी जाने बिना अब चलिए किस करिए एक दूसरे को अच्छे से किस करना ऐसे नहीं चलेगा हाँ चलिए हाँ और, और करिए थोड़ा थोड़ा सा और करिए ये ये अभी शर्मा ना क्या हम शादी कर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहोगी क्या हम दोनों के लिए लंच लेकर आया हूँ हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने इतना अच्छा घर ढूंढ लिया है रियल एस्टेट बिजनेस में मेरे कांटेक्ट्स हैं। मैंने सोचा घर लेंगे तो हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा तुमने सही कहा सच में लगता है हमारी शादी हुई है सीधी सी बात बिना प्यार की शादी में सब कुछ अजीब सा लगता है समझ नहीं आता क्या बात करें मैं मैं बस भाग जाना चाहती थी वहां से मुझे नहीं पता मेरे घर वाले क्या सोचेंगे जब उन्हें इस नकली शादी के बारे में पता चलेगा मैं जानती हूँ थोड़ी देर हो चुकी है लगता है अगर तुम इसे एक फ्रेश स्टार्ट की तरह की तो तो ज़्यादा अच्छा अच्छा होगा। कम कम से कम ये तो अच्छा हुआ ना कि तुमने किसी धोखेबाज़ के साथ शादी नहीं कर ली। सही कहा। हमारे बीच भले ही कोई खास रिलेशनशिप नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी भी हर्ट ना करो आम श्योर कभी ना कभी तुम्हारा परिवार भी इस बात को समझ ही जाएगा Thank you very much. हाँ, मेरे ख्याल से मैं इसके साथ कुछ समय तो रह ही सकती हूँ कितना समय कुछ मतलब कितना वाह, wow, क्या खुशबू है। है। तुम भी इसे टेस्ट करना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम्हें ना हो। I'm sorry, लेकिन मेरे पास बस यही एक कप को, कोई बात नहीं आप अच्छा मुझे बताओ क्या मैं नाश्ते में कुछ बना दू मैं कल ही ब्रेड लेकर आया था बढ़िया है तुम बहुत ख्याल रखते हो मैं तुम्हारी पसंद के बारे में शोर नहीं था इसलिए अलग अलग रैंडम फ्लेवर्स लाया वाह! मैं सच में बहुत खुश थैंक यू सो मच। अब मुझे निकलना होगा ओह, oh, मुझे भी। नहीं नहीं तुम्हें आराम से खाना खाना चाहिए अब मैं जा रहा हूँ अपना ख्याल रखना जब वो ऑफिस जा रहा है तो मुझे दरवाजे तक जाना चाहिए था क्या हम सच में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं जैसे मुझे कौन सी ब्रेड पसंद है या फिर हम कहा काम करते हैं तुम बिजी हो क्या? हम्म हम्म कुछ बात करनी हम सोच रहे थे कि तुम्हारे शादी की खुशी में एक पार्टी देनी चाहिए पर पता चला कि आखिरी में कुछ बुरा हो गया ओ तेरी, की बात कर रहा है जाहिर है मैंने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा है Actually, मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है अच्छा ऐसी बात है क्या जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा खुश लग रही हो ओह, क्या सच में? तो बताओ आज रात डिनर पर? ओ, सो पर मैं आज जल्दी निकल रही हूँ हम बहुत जल्दी डिनर का प्लान करेंगे ये तो ही नहीं है। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है की कि मैंने किसी और ऐसी शादी कर ली है क्या करो मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं ले सकती हूँ ना सर, मैं सेम कप भी नहीं ले सकती अरे ये ये वही सेम जो मैंने के साथ लिए थे। एमी मेरी जान। मग से <laughs> क्या कर रही हो ओह नहीं कुछ भी तो नहीं मैं तो बस यूं ही देखा शायद हमें ब्रेकअप करना ही नहीं चाहिए था है ना? क्या मतलब तुम क्या कहना चाहते हो मेरा मतलब हम दोनों को दोस्त बनकर मिलते रहना चाहिए नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं हम मिलकर थोड़ा टाइम पास ही कर लेंगे है ना ऐसे क्यों देख रही हो कोई बात नहीं होगी हम बस मिलकर चीज करेंगे कहा ना उसे मिलने का मन नहीं है मियूरा तुम यहाँ कैसे क्या तुम इसे जानती हो आज के बाद मेरी बीवी को हाथ मत लगाना आ, बीवी और अब से थोड़ा इज्जत से भी बात करना सीख लो तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोग जितना दूर रहे उतना अच्छा है। मैं बताती हूँ हमारी शादी हो गई है माफ करना मुझे इस सच में पता नहीं था आई एम सॉरी पर कंग्रेचुलेशन सही बात तो है शादी की बधाई तो मिलनी ही चाहिए मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है अच्छा अप मैं अपने काम पे वापस जाता हूँ ठीक है शायद नियोरा के आने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हारा दिन करी? हाँ मैंने बनाई है ओ क्या तुम भी कुछ साथ लेकर आए हो बताओ मुझे इसे कल भी खा सकते हैं उसमें क्या हो गया सुनो आज जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे एक्स के सामने तो तो तो उसमें क्या हो गया? फिलहाल तुम्हारा हस्बैंड मैं इसलिए इतना तो बनता है कहीं मैंने कुछ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं कर दिया था था ना उस सच्ची कहा तुमने आ, क्या क्या करी बहुत तीखी बनी है अब नहीं, ये बहुत टेस्टी है। देखो <laughs> <laughs> अगली बार ध्यान रखूंगी कि तीखा कम इसके अंदर। <laughs> <देखो। laughs> ओह मियोरा, कितना क्यूट है ये एक ऐसा आदमी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती पर अब वो मेरा सब कुछ है मेरा हस्बैंड है। पता नहीं मैं क्या करूंगी आज कल कर, जब भी सोचती हूँ तो म्यूरा के बारे में ही सोचती रहती हूँ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। सोचा नहीं नहीं था एक एक-दूसरे ही कंपनी में में होंगे। हमने कभी एक से पूछा तक नहीं, हम कहां काम करते हैं तो तो। आजकल मैरिज भी पता चल जाता है। सही कहा? वही क्या तुम तो को जानती हो? अब मुझे काम के लिए थोड़ी मदद चाहिए थी इनसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आ? ओके मिलेंगे जरूर जरूर क्या क्या हाँ? रहा है आ, आ, आ। तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और में दिलचस्पी नहीं थी ना क्या ये इतने मशहूर है हाँ यही तो है यही तो है मनसू नौकरी के पहले साल में ही सबसे बेस्ट सेल्समैन की पोजीशन जीत ली हुँ? है इसने। और तब से बरकरार रखे हुए है और ये कितना हन है हर कोई ऐसी चाहे झटका लगेगा जब इन्हें पता चलेगा की ये मेरे पति है अभी अगर फ्री हो तो मिनट तो तुम्हें परेशान कर सकता ये यहां जो प्राइस लिखी है ना, ना? ये सब सही सही हाँ, सही है ओ, सही है। है? ओ थैंक गॉड। तुम करियर बदलते रहने वाले सब कुछ जल्दी सीख जाते अच्छा, हो अच्छा, ऐसी बात है? हो सकता है मुझे सिखाने वाली समझदार और क्यूट हो याद तुम्हारी अस्थि जगह सेल्स मैन आखिर अकाउंटिंग में और तुम जरा सी भी ठीक दो तो जैसे तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट जो सिर्फ मेरा काम नहीं था पूरी टीम ने साथ मिलकर मेहनत की और आपसे भी हम इसी तरह से मेहनत ऐसी काम करते रहे अपनी पूरी जगह कितना कितना भी है है बढ़िया लग रहा हाल ही में कुछ हुआ है क्या हा? शायद प्यार तुम ये सब बस मुझे हाथ लगा कर बता सकते हो हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में ये कैसा है प्रेशर ठीक है ना hmm. बहुत बढ़िया कहीं hmm. ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही घर जाते जाते यहां पे गुम गई हो रास्ते में सुपरमार्केट रुकी थी फिर दोबारा घर ही नहीं ढूंढ पाई मुझे नहीं लग रहा कि तुम असल में घूमी थी मुझे बस रास्ते याद ही नहीं रहते हैं ऐसी बात है क्या क्या हमें हमारे काम पर सबसे हमारी शादी की बात छुपानी चाहिए इस बात को रखते हैं। ठीक इतने मशहूर हैं, न जाने ऐसी क्या वजह थी जो उसी दिन किसी से ऑनलाइन ढूंढकर शादी करना चाहते थे वो और फिर मैं ही क्यों? चाहती हूँ कि ये मुझे पसंद करने लगे मैं सच में चाहती कि ये मेरी तरफ पहला कदम उठाए तुम इस नाइट सूट में कितनी क्यूट लग रही हो अच्छे लग रही हूँ क्या हमारे पास बीयर भी है आमी तुम हर मेरा मतलब चीज़ का कितना ख्याल रखते हो नहीं <laughs> <laughs> पर इसके लिए मुझे जाल भी छा होगा और ये है मेरी शादी जाल मैच करने की जरूरत नहीं है आ, शायद मैंने उसका मूड खराब कर दिया आफ्टरऑल तुम्हारा पति मैं हूं इसलिए खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, है तो। तो रहे ठीक तुम्हारे शॉर्ट्स कुछ ज्यादा ही छोटे हैं इसलिए लग रही होगी जब हम सोने जाएंगे तब ले लूंगी मैं कहीं तो, ये तो नहीं चाह रहे कि हम दोनों साथ में सो जाएं। क्या ये तो इसी को कहना चाहिए ना क्या ये भी मैं ही कहू ऐसा कुछ नहीं होगा क्या इसने मुझे ना कह दिया ओ, तेरी। मुझसे ये सारी बातें तभी करना जब तुम सच में मुझे पसंद करने लग जाओ मैं ये कहती भी नहीं अगर तुम तो मुझे पसंद ना होते तो मेरी तरफ इस तरह से देखोगी तो कैसे चलेगा बोलो मिस साल चलो सो जाते हैं तुम बोल रही थी फिर से बोलना नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं कहा एक सेकेंड रुको तो क्या म्यूरा मुझे टॉर्चर कर रहा है एक इतनी जल्दी जा रहे हो। तो है, मैं भी जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो मुझे बड़ा महसूस होता वो, है, वो, है।, वो, है। वो, सा कहीं आपको मुझसे काम तो नहीं है लगता है आपको मुझसे किसी कस्टमर के डिपॉजिट के बारे में बात करनी होगी आइए ना तो तो ये ये जगह हमारा ऑफिस है है? है। याद है? तो फिर मैं मैं से चली जाती नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ कुछ अच्छा ये बता तुम्हें तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था? कुछ नहीं। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी और ये हुआ मेरा सीधा ओह ऐसा है क्या अच्छा आज मेरा एक पार्सल आने वाला है तो क्या तुम उसे मेरी बजाय रिसीव कर सकते हो हाँ क्यों नहीं जरूर ये क्या हो गया वार तो मेरी हार बन गया मुझे लगता है अब तो मैं अपनी रेस्क पे वापस जाना चाहिए ठीक है ने देख लिया ऐसी हरकतें तुम पहली बार कर रहे हो क्या बातें कर रहे हो मैं समझा नहीं ऑफिस के टाइम में तुम्हारी हरकतें? है हाँ तो किसी को पता चला तो गड़बड़ हो सकती है तुम्हारी सलाहों के लिए थैंक यू सो मच अपनी दुनिया बना सकते हैं तो है। तो ये तो किसी भी तरह मान ही नहीं रहा है न तो हम एक दुनिया बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा करने चाहिए। ज़िद्दी है ये